दोस्तों आपका स्वागत है हमारे राणा ब्लॉग चैनल पर जिसमें कि हमारे ये पहला ब्लॉग्स हैं एक्चुअली ब्लॉग्स बनाने के बारे में मैं बहुत पहले से सोच रहा था करीब तीन चार साल पहले से और अब जाके सोचा कि चलो फाइनली ब्लॉग्स बनाई लेता हूँ क्योंकि डर दिल में डर था कि यार मेरा ब्लॉग्स लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा और ब्लॉग्स बनाते कैसे हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था तो फाइनली सोचते सोचते सोचते आज चार हो चुके हैं और कुछ रीज़न ये भी था कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता क्योंकि जो जिस प्रोफेशन में हूँ मैं अच्छा आपको बता दूँ कि मैं बाय प्रोफेशन डिफेंस से हूँ और पर्टिकुलरली किस डिफ़ेंस से हूँ ये नहीं बता सकता आपको बिकॉज इट्स अ कॉन्फिडेंशियल राइट आने वाले वक्त में मैं पक्का बताऊँगा किस साइड में किस डिफेंस से हूँ मैं और बस वहाँ की कोई बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं इसलिए मैं वहाँ पर इतना शूट नहीं कर पाऊँगा बट जो अनकॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनके बारे में ब्लॉग्स पक्का बनाऊँगा आपके बारे में पक्का उससे दिखाऊँगा तब तक मैं यहाँ पे पाँच छः दिन और हूँ घर पर आई मोन लीव राइट नाउ और अपने बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ मेरा नाम रवि राणा है और मेरे घर में सिर्फ मेरी वाइफ और एक छोटी सी क्यूट सी बेबी है एट ईयर्स की और जब तक मैं घर पे हूँ तो तब तक मैं उन्हीं के साथ ब्लॉग्स बनाऊँगा जो कि जो कुछ डेली लाइफ में होता है जो रूटीन में जो हम करते हैं जाहिर सी बातें वही बनाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं पता एक्चुअली ब्लॉगिंग होती कैसे राइट तो जो कुछ रियलिटी है बस वो आपके सामने ले कर और जाने से पहले मैं आपको एक व्यू दे दूंगा यहाँ का एक इस ब्लॉक के स्टार्टिंग में एक वीडियो आएगी जिस जो मेरे घर के सामने की है आ, कुछ पहाड़ कुछ घाटियां हैं आई होप आपको पसंद आएंगी ये हरी भा, हरी भरी घाटियां पहाड़ियां आई होप सो क्योंकि मैं अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूँ आई एम फ्राम देहरादून राइट देहरादून से ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने किराए के घर से राइट अभी किराए पे हूँ मैं अपना घर नहीं मेरा और जाने से पहले मैं अपनी बेटी से इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूँ आपका बिकॉज़ मेरी बेटी यूपी खड़ी है सो so, सीज़ uh, uh, रूही राना इसका नाम रूही है और ये क्लास थर्ड में पढ़ती है से रूही हेलो तो uh, बस uh, कुछ दिन जब तक ब्लॉग बनाएँगे तब तक ये मेरे साथ होगी और मेरी वाइफ मेरे साथ होगी तब तक जो भी घर में मौज मस्ती करते हैं या फिर जो घूमने जाते हैं कहीं भी शॉप भी चलेगी कुछ करने चलेगा तो डेफिनेटली कोशिश करूँगा कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की जो आपको पसंद आए और बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर आपका प्यार सपोर्ट मिला तो ये ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगा मैं अगर सब कुछ सही रहा तो आपको अच्छा लगा तो तब तक के लिए फर्स्ट uh, ब्लॉग में इतना ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कहीं घूमते हुए विथ ऑल फैमिली तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बाय है गुड डे